Yeah, yeah, it's much cleaner now. Just look at it, and I think you should save this as uh -huh. well. Yeah. Did you know? An octopus has three hearts, uh -huh. and even if you cut out its head, it can still live for one more hour. Really? Yeah. God, that's so cool. So listen, this is the best we can do remotely. Huh? Sorry. Was it too loud? Yes. Just the background volume is too low, okay? Okay. Salamoke. Yes. No magic. Lie. I have to make the lock room. Okay guys, I'm back. Go towards the center. Yeah. Yeah, but send me the earlier presentations also. Are you done with yes. that call? Black coffee बना दो यार। No, that's true. But the calibration of that system is that's not right. You know, whatever we may do, it's not going to make a difference. Also we No, no, I completely understand. But then, yeah, so it's no point. You know, if you say to them, why don't you first finish your food, huh? And chew, please. I am. Yeah. Um, okay. So just send me the files. Yeah, you just send me the files and then I'll look at it after my son sleeps. Hello. Sakhi sausta? Huh? Can you speak? A thoda zor se boliy. Ab Sakhi sausta se kya? Kya? Nee nii wrong number. Yeah. So. Mama, I'm done now. Can I please wave? Yes. but not for too long okay my head really spins okay ha huh. hello ye kaha na aapko the room number the bathroom bathroom aur meri number ko batta ki aa na matlab pehle bhi thi lagam bhi bhabhi bahut jana tha click pe bahut aur zata the na wo merko abhi se laga bahut thak gaya hu ha aye ha hello rha rha हेलो सुनो सुनो मैं देख हेलो हेलो सुनी chemist wrong number <laughs> हेलो पुलिस स्टेशन बोलिए मैडम जी देखिए एक औरत उसको उसके हस्बैंड बहुत मार नहीं रहे हैं उसका नाम बताइए पता हाँ आप वहाँ पर जा सकते हैं क्या प्लीज़ वो बहुत उनको अर्जेंट हेल्प चाहिए मैं नंबर देती हूँ प्लीज नोट करिए सेवन नाइन जीरो थ्री वन सेवन थ्री टू फोर एट हाँ दे अगर आप अभी किसी को भेज सकते हैं। हैं फोन आते हैं हमारे पास किदर, किदर जाएगा आई अंडरस्टैंड बट देखिए वो बहुत बुरी हालत में थी वो चिल्ला रही थी वहाँ पर एक छोटा बच्चा भी था नहीं, तो मत सिखाओ मैडम कि हमारा काम हमको कैसे करना है ठीक है सर मैं आपको नहीं बता तो... Yeah no just say that again just the last line I was listening it's just that I didn't hear the last bit you can just repeat it right Okay No no no we are not giving it to Chopra for sure Mama when will you be free Just give me 20 minutes I'll be done soon okay So um Ajit looks like the mangoes are arrived yeah okay no Nashik ka ek banda hai is delivering हेलो हेलो सब कुछ बता पता हाँ, है धीरे धीरे में दीदी खाना आने गई थी तो तीन घंटा तो बस तो हाँ, आई ना दीदी तो इतना गुस्सा हो गया क्या बताओ आपको इतना मारा को मेरा ओपन ना यू डू इट हेलो सुन हो क्या दीदी सुन रही मेरा थे बहुत तकलीफ़ है दीदी रोज का हो गया अभी तो दर्द हो रहा है दीदी छोटा बच्चा है आज उसको भी लग जाती थी लगते लगते उसको मुझे बहुत डर लगता है